हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है तो आज दोस्तों हम बताने जा रहे हैं कि आप अपना आधार कार्ड किस तरह से चुटकियों में डाउनलोड कर सकते हैं तो किसी बात की देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप आधार कार्ड अपना चुटकीयों में कैसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं तो किसी बात की देरी ना करते हुए चलते हैं तो सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं क्रोम ब्राउज़र को खोलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन ओपन हो गया है और इस सर्च बार में हमें सर्च करना है लिखकर U A D A I और जैसा कि यहाँ पे शो कर रहा है तो आप नीचे वाले P U A D I पे क्लिक करके सबमिट कर दें और आपका पहला ही वेबसाइट जो खुल के आएगा आप देख सकते हैं यू आई टी ए आई के नाम से आ गया है तो आप इस पहले वेबसाइट पे ही आप क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों अगला पेज हमारे सामने खुल के आ गया है यहाँ पे ये लैंग्वेज चूज करने के लिए बोल रहा है तो हम लैंग्वेज चूज कर लेते हैं तो चलिए हम इंग्लिश चूज कर लेते हैं अगर आप कोई भी भाषा इसमें से जानते हैं हिंदी मराठी जो भी जानते हैं आप वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं तो चलिए हम इंग्लिश चूज कर लेते हैं और इधर चूज करने के बाद ये अगला पेज खुलकर आ रहा है दोस्तों तो देखिए अगला पेज आप धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको देख सकते हैं गेट आधार इस वाले इधर आने इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद देखिए कि तमाम ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं जैसे लोकेट इन सेंटर और चेक आधार स्टेटर तो यहाँ पर दो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा आ रहा है खुलकर डाउनलोड आधार तो हम इसी पे क्लिक कर देंगे जैसे ही क्लिक करेंगे अगला पेज हमारे सामने खुल के आ जा रहा है और अगला पेज जैसे ही खुल के आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से एक ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड आधार तो हम क्या करेंगे कि इस वाले ऑप्शन डाउनलोड आधार पे क्लिक कर देंगे क्लिक करते हुए फिर हमारा अगला पेज जो खुल के आ गया है इसमें मांग रहा है कि आप अपना आधार जो नंबर है बारह नंबर बारह डिजिट का है आप उसको इधर इंटर कर करने को मांग रहा है और नीचे कैप्चा मांग रहा है तो चलिए दोस्तों हम अपने सबसे पहले अपना आधार नंबर डाल लेते हैं तो हमने कैप्चा अपना डाल दिया अरे आधार सॉरी आधार डाल दिया नंबर अब कैप्चा डालने की बारी है तो हमने अपना कैप्चर डाल के और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ओटीपी सक्सेसफुल डिस्पैचड बता रहा है और आपका जो भी मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा उस नंबर पर आपको आधार वेरीफाई करने के लिए आपको ओटीपी भेजेगा तो चलिए हम वेट कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे इंटर ओ जो भी आपके मोबाइल पर ओ जाएगा आपको इधर सबमिट करना है तो चलिए दोस्तों हम अपना ओ टी पी हैं तो ओ डाल लेते हैं तो हमना, हमने अपना ओ डालने के बाद इस पर नीचे ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई एंड डाउनलोड तो इससे क्या है क्लिक करने के बाद वेरीफाई भी कर लेगा और आपका जो आधार कार्ड का फाइल है वो डाउनलोड भी हो जाएगा तो चलिए हमने क्लिक कर दिया इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों कि साइड में जो है साइड में देखेंगे जहां पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है इधर आपका इधर देख सकते हैं कि जो आधार कार्ड हमने डाउनलोड किया है इधर हमारा आ जा रहा है डाउनलोड ई आधार इतना इतना नंबर और इधर डाउनलोड पीडीएफ के रूप में हो चुका है तो चलिए हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं तो दोस्तों ओपन करने के बाद पहले क्या होता था कि ऑटोमेटिक खुल जाता था अभी ये पासवर्ड वाला सिस्टम है तो पासवर्ड में ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है तो आपको पासवर्ड के लिए सिर्फ इतना करना है कि आपका जो भी नाम हो उसको शिफ्ट बतन दबा कर आप बड़े अक्षरों में चार अक्षर अपने नाम का लेना और जो आपकी डेट ऑफ आप बर्थ होगी वही आपका पासवर्ड होगा तो चलिए हमने अपना नाम का जो है फोर डिजिट है अपने नाम का डाल रहा हूँ डालने के बाद दोस्तों आप सबमिट कर देंगे सबमिट करने के बाद देख सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड जो है डाउनलोड हो चुका है तो इसी तरह से आप अपना आधार कार्ड आसानी से छुटकियों में डाउनलोड कर सकते हैं अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे यही भी हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें